दिन मोहब्बत के गलीढ पर तेरी हथेली पर फेरी मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तुम तपल छोर फिर तुम चुका कर नजर रखना मेरे कांधे कान